मोदी की हत्या की बात कहने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को मंगलवार तड़के उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो इन द सेंस हराने का काम करो कांग्रेस ने भी इस मामले पर राजा पटेरिया को नोटिस दिया है पीएम मोदी की हत्या की बात कहने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को कोर्ट ने जेल भेज दिया है मंगलवार सुबह साढ़े पांच बजे पुलिस ने पटेरिया को उनके घर हटा से गिरफ्तार किया पुलिस पटेरिया को जेएमएफसी कोर्ट पवई लेकर पहुंची इससे पहले मेडिकल चेकअप के लिए पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया बता दें कि पटेरिया ने ग्यारह दिसंबर को एक सभा में कहा था अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो इन सेंस हराने का काम करो पटेरिया के इस बयान पर भाजपा हमलावर हो गई गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम ने सोमवार को पटेरिया पर एफआईआर के निर्देश दे दिए इसके बाद पन्ना के पवई थाने में केस दर्ज किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो गए हैं आज सुबह छह बजे से हटा दमोह से पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी की गिरफ्तारी की है वर्तमान में उन्हें पवई में है वो आज पवई की कोर्ट में उन्हें पेश भी किया जाएगा जो पूर्व में उन पर धारा लगी थी उसमें दो धारा एक सौ और एक सौ ये वो धारा है जिसमें जनता को ऐसे कार्य के लिए उत्प्रेरित करना जो मृत्यु या आजीवन या उस तरह के जीवन पर खतरा लोगों के होता है उसके लिए प्रेरित करने वाली ये दो धाराएं उन पर और बढ़ाई गई है। इस सबसे पहले पटेरिया ने अपने बयान पर सोमवार की रात को माफी मांग ली थी पटेरिया ने कहा था मैं गांधी को मानने वालों में से हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा राजा पटेरिया ने गलत नहीं कहा उनके कहने का मतलब मोदी को चुनाव हराना था उन्होंने कहा मैं पूरी ताकत के साथ राजा पटेरिया के साथ खड़ा हूं और सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की निंदा करता हूँ क्या का है, मतलब है स्पष्ट कह दी है कर दी थी उसी समय और इसके बाद भी खेत व्यक्त किया कभी किसी ने इस तरह की राज, राजा की हमेशा, आ, में हिंसा के पुजारी है विरोधी विरोध करते रहे। तो फिर मानव हिंसा की तो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता छोटी बात को खेत व्यर्थ करने के बाद भी वही किसी को बुरा लगा हो तो खेत व्यर्थ करता हूँ और इन देंस उन्होंने तत्काल कहा कि चुनाव हराने से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि इस प्रकार के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है मामला कोर्ट में है हमने पटेरिया को शो काज नोटिस जारी कर दिया है कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान को आपत्तिजनक और निंदनीय बताते हुए अनुशासनहीनता माना है पटेरिया ऐसी तीन दिन में जवाब भी मांगा गया है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें